कांग्रेस के नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ यात्रा इन दिनों काफी सुर्खियों में तो आपके नजरिए से कांग्रेस इस यात्रा के बाद कितनी मजबूत स्थिति में आ सकती है सुचित्र जी यात्रा एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है और चाहे भारत देश का निर्माण हुआ हो चाहे विश्व के अंदर दूसरे देशों की खोज हुई हो हर चीज का प्रारंभ एक यात्रा से हुआ है तो यात्रा हमारे यहाँ पे एक शनि का प्रादुर्भाव है शनि का मतलब ये होता है कि जब कार्य हम अपने पैरों से करते हैं जैसे कि आपने सुना भी होगा कि ये बच्चा अपने पाओ पर कब खड़ा हो जाएगा तो ये जो पैर हैं ये जब कार्य करते हैं तो ये हमारी वर्क फील्ड को रिप्रेजेंट करते हैं उसको खोलते हैं तो कुल मिला के जो ज्योतिष का नजरिया यात्राओं के बारे में है यहां पर हम ये समझते हैं कि यात्राएं या आगे बढ़ने के लिए एक महत्वपूर्ण रोल अदा करती हैं